तीन चार खा बड़। अरे और जब लगा जाना। चारे बाकी मुझे से और आता आता आजा, आजा, आजा, तो आजा। क्या है क्या चल जो तेरा मन पड़ा हो करके बता ये साइकिल मतगड़ा वाला है मतगड़ा वाला कब आया कब आया और कह यार चोरिया चोरिया <laughs> वो कान वो तीन चार ना वो पास बड़े बड़ा बड़ा वाला, मल माना राजा तू अरे आजा राजा चार बड़ा आया चार रहा एक गाना है